सो so गाइज जिस चीज का डर था वही वो एम अल्फा भाई के चैनल पे स्ट्रैक आ चुका है गाइज गरीना की तरफ से गैस गरीना के खिलाफ जो भी बोलता है गेरीना उसे दे देता है गाइज ऐसा ही गाइज गोल्डन डेज को लाने के लिए एम अल्फा भाई के चैनल पे स्ट्रैक आ चुका है गाइज एक छोटा सा किलीफ एस भाई का ये जरूर देखे और ये ट्रिक अपलाई करे गाइज तुम वो ओपनली एक ही वर्ड बोलूंगा भाई प्ले स्टोर तुम्हारे पास खुला है तुम्हारा तुमने मेल किया गरीना को गरीना ने नहीं सुना तुमने मैसेज किया गरीना ने नहीं सुना तुमने यहाँ तक कि कस्टमर केयर पे कांटेक्ट किया गरीना ने नहीं सुना गरीना एक जगह सुनता है वो प्ले स्टोर की रेटिंग जाओ और तोड़ दो अच्छे से जितनी रेट सुबह से so पहले गरीना का रेटिंग था फोर अब हो चुका है थ्री पॉइंट आप लोग भी प्ले स्टोर खोलो और तोड़ दो गैज अगर मेरी बात से सहमत हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही जाना गैज